हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शांतनु डी नेट में दोस्तों आज हम आपको मध्य प्रदेश पटवारी कांस्टेबल शिक्षक भर्ती एसआई SI, और जो भी आने वाली वैकेंसी है उनके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लाए हैं तो आपका समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हमारा हमारा पहला ए, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन है है की पंचायत बनी पंचायत बनी मॉडल अगला ज सिंह चौहान ने पुस्तक वानगी का विमोचन दमोह के सिंगोरगढ़ किले में आयोजित कार्यक्रम में किया यह पुरस्कार मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत से संबंधित है दोस्तों पिछले साल सिंगौरगढ़ के लिए जो कि दमोह जिले में है मध्य प्रदेश के वहाँ पर जनजातीय कार्यक्रम हुआ था हमारे माननीय राष्ट्रपति जी वहाँ पर उपस्थित थे और भी नेता मंत्री केंद्रीय मंत्री हमारे न्यायाधीश बहुत सारे लोग आए हुए थे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है पंद्रह नवंबर को शहीद विरसा मुंडा की जयंती पर हर वर्ष मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस हाल ही में बिरसा मुंडा की जयंती में जनजाति दिवस मनाया गया भोपाल के भोपाल के जमहूरी मैदान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित हुए थे दोस्तों रानी दुर्गावती सम्मान सम, सारिका ठाकुर मुस्कान रावत को सम्मानित किया गया ये दोस्तों जो सिंगौरगढ़ लिए में जनजाति कार्यक्रम आयोजित हुआ था लास्ट ईयर उसमें इन दोनों को सम्मानित किया गया था मेघा परमार पहली मध्य प्रदेश की जो पहली पर्वत, पर्वता पर्वतारोही बनी है और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं मेघा परमार के बाद भावना डहरिया दूसरी महिला पर्वता हैं मिंटो हॉल का नाम बदलकर अब कुषा भाऊ ठाकरे कर दिया गया है अभी हाल ही में मिंटो हॉल का नाम चेंज कर दिया गया है मिंटो हॉल उन्नीस में बनवाया गया था शरद पगारे को 2020 का सम्मान मिला बीस मूल्यता मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से हैं इनके द्वारा रचित उपन्यास सामग्री है देश का पहला गांव जहां होगी अब सौर ऊर्जा से खेती यह गांव ग्वालियर जिले का है और जो ये योजना है वो सी योजना के तहत ये कार्य किया जा रहा है पच्चीस जनवरी दो को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बाल पुरस्कार सम्मान से सम्मानित श्री अनुज जैन शिक्षा के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया ये मध्य प्रदेश के हरदा जिले से बिलोंग करते हैं दूसरे हैं पलक शर्मा ये गोताखोर हैं इनको इस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है और ये इंदौर की रहने वाली मध्य प्रदेश के पद्म पुरस्कार दो के मिले हैं जो है प्रथम है भूरी भाई ये झाऊुआ जिले की हैं और पिथौरा पेंटिंग बनाती हैं उन्नीस सौ में इन्हें शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था उन्नीस में इन्हें अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया गया था दूसरे हैं कपिल तिवारी ये सागर जिले के हैं तीसरी हैं सुमित्रा महाजन ये समाज सेवी का हैं और आप सब जानते होंगे ये हमारे लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं और ये इंदौर जिले से करती हैं आठ बार ये सांसद भी रही हैं और लिमका बुक में इनका नाम भी दर्ज है नीति आयोग की महत्वाकांक्षी योजना में 112 जिले सम्मिलित हैं जिसमें पहला जिला उत्तर प्रदेश का चदौसी है और मध्य प्रदेश के विदिशा राजगढ़ सिंगरौली शामिल हैं। है। नर्मदा घाटी की सीता रेवा जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में दे दी गई है जो कि छिंदवाड़ा जिले में है यह पंद्रह मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है खेमचंद्र बजाज मध्य प्रदेश के सागर रेहली के रहने वाले थे 11 वर्ष की उम्र में उन्नीस के त्रिपुरी सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था दोस्तों उन्नीस का जो त्रिपुरी सम्मेलन है त्रिपुरी जो कि जबलपुर में है इन्होंने उसमें भाग लिया था पहली बार आपको एक जानकारी दे दूँ उन्नीस में पहली बार चुनाव हुए थे और उससे अध्यक्ष चुने जाते जो कांग्रेस सम्मेलन होते थे उसमें पहली बार पहले आ, पहली बार अध्यक्ष चुने गए थे और जो थे सुभाष चंद्र बोस चुनाव के द्वारा चुने गए थे इन्होंने उन्हें पट्टा भी सीतारमैया को हराया था इन्हें 203 वोट मिले थे और ये उन्नीस और उन्नीस में दोनों बार में अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी मध्य प्रदेश का पहला घुड़सवारी स्कूल जबलपुर में खोला जाएगा देश का दूसरा गढ़ी संग्रहालय इंदौर जिले में खोला जाएगा दोस्तों पहला संग्रहालय पुणे में है, है। सवेरा कर दिया गया दोस्तों दो हजार उन्नीस में संबल योजना जो की माननीय मुख्य माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई थी अः उसका नाम उस समय के जो मुख्यमंत्री थे हमारे कमलनाथ जी उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया था नया सवेरा कर दिया गया था अब इस योजना का फिर से नाम संबल योजना कर दिया गया संजय पर्यावरण मिशन के द्वारा हर साल पांच करोड़ पौधे लगाए जाएंगे क्लीन सर्कल ग्रीन सर्कल अभियान द्वारा शराब माफियों के खिलाफ इन एक अभियान चलाया जा रहा है जो कि इंदौर जिले में चलाया जा रहा है सौरभ वर्मा ने वियतनाम बैडमिंटन में, में खिताब जीता यह धार जिले के रहने वाले हैं सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश का का इंदौर है। म, ए, राज्य का इंदौर जिला है। है। मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश राज्य जिला के पालनपुर कोनो अभ्यारण का नाम बदलकर अब माधव राव अभ्यारण कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग है तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें थैंक यू